जय श्री कृष्णा साथियों आप सभी साथियों का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है साथियों यह वीडियो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से संबंधित है मैं आपको इस वीडियो में टॉप हंड्रेड क्वेश्चंस जो कि गत वर्षों में नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में आए हुए हैं उनके बारे में बता रहा हूँ ये हमारा वीडियो का थर्ड पार्ट है जिसमें हम नेक्स्ट ट्वेंटी क्वेश्चन करेंगे इससे पहले मैं दो वीडियो बना चुका हूँ जिसमें हम फोर्टी क्वेश्चन कवर कर चुके हैं ठीक है तो ये सारे वो वो क्वेश्चन हैं जो कि पिछले एग्जाम में आ गए हैं ठीक है वो चाहे एम्स का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो या ए एस का एग्जाम हो ठीक है या कोई लोकल स्टेट का एग्जाम हो ठीक है चलिए आगे चलते हैं ये सारे क्वेश्चंस कार्डियोवर सिस्टम से संबंधित हैं ठीक है इसका ये पार्ट थर्ड है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आई बटन जो है उसके ऊपर क्लिक करके आप इसको सब्सक्राइब करें जिससे आपको नोटिफिकेशंस बहुत ही जल्दी मिले और आप इनको अच्छे से पढ़ पाए ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं द मोस्ट अप्रोप्रिएट डाइट फॉर ए पेशेंट न्यूली डाइग्नोस्ड विथ माई गार्डल इन्फेक्शन ईजे पूछा गया है कि एक माइकार्डल इन्फेक्शन का पेशेंट है ठीक है तो उसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइट कौन सी होगी ठीक है ऑप्शन देखें इसमें लो सोडियम लो कोलेस्ट्रोल क्लियर लिक्विड नथिंग बाय माउथ जनरल एज टॉलेटेड तो इसका राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन ए यानी कि लो सोडियम एंड लो कोलेस्ट्रोल ठीक है यानी कि कोई भी एमआई का पेशेंट है ठीक है तो उसके अंदर अपन डाइट एडवाइज करेंगे तो उसको क्या देंगे ऐसी डाइट देंगे जिसमें सोडियम कम हो नमक कम हो और कोलेस्ट्रॉल कम हो यानी कि हाई फैटल क्यों क्योंकि कार्डल, कार्डल में क्या होता है कि जो माइकार्डल की का आर्टरी रहती है उसके अंदर क्या रहता है ब्लॉकेज आता है ठीक है जिससे ब्लड सप्लाई कम होती है वहाँ के टिश्यू नष्ट होते हैं ठीक है तो इसलिए अपने को लो कोलेस्ट्रॉल डाइट देनी होती है जिससे कि वहाँ पे और ज्यादा ब्लॉकेज नहीं हो ठीक है तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी इनक्रीज इन दिन लेवलिन काम बी आई सो आई एन एच सी के एम बी कैन बी कॉस्ट बाई यानी इसमें पूछा गया है कि जो सी के एम एंजाइम रहता है वो किस कंडीशन में बढ़ता है इसमें ऑप्शंस पे चलते हैं ब्लीडिंग इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन स्केलेटल मसल डेमेज ड्यू टू रिसेंट फॉल माइक नेक्रोसिस ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मायोकार्डियल नेक्रोसिस ठीक है यानी कि जो सी एंजाइम एम रहता है ये सबसे पहले तो किसका होता है जो अपनी हार्ट मसल्स रहती हैं ठीक है तो वो जब डैमेज होती हैं तो ये अपनी बॉडी के ब्लड के अंदर रिलीज होता है ठीक है तो इसमें यही लास्ट वाला ऑप्शन इससे रिलेटेड है माओकार्डियल नेक्रोसिस यानी कि जो माओकार्डियम लेयर है अपनी हार्ट की जो सबसे स्ट्रॉगेस्ट लेयर होती है सेकेंड लेयर ठीक है तो उसमें क्या होता है उसके जो टिश्यू है वो डैमेज हो रहे हैं ठीक है तो उसकी ब्लड में भर रहा है तो ये इसका जाएगा सारे इसके ठीक है चलिए चलते फोर्टी थ्री जी चेंज इन माइकार फैक्शन इच यानी एक माइकार्डियल फैक्शन का पेशेंट है जिसमें में क्या क्या चेंज आएंगे ठीक है ये चलिए ऑप्शन पे चलते हैं फर्स्ट एसटी सेगमेंट टी सेकंड एलिशन सेकेंड कॉम्प्लेक्स, थर्ड प्रेजेंस ऑफ यू एंड फोर्थ प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल तो इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए एसटी सेगमेंट एलिवेशन ठीक है यानी कि एक माइ का पेशेंट है ठीक है उसके अंदर ए सीजी के अंदर क्या चेंज आएगा तो उसमें आएगा एस सेगमेंट एलिशन ठीक है क्या होता है अपनी जो रहती है उसमें देखो क्या होता है पहले पी वी रहती है बाद में क्यू रहती है ठीक है फिर आर रहती है फिर एस रहती है फिर टी रहती है तो जो एस टी सेगमेंट है वो थोड़ा सा इलिवेट हो जाएगा यानी कि ऊपर की तरफ हो जाएगा ये सबसे मेन माइगर के पैसन में देखने को मिलता है अंदर। ठीक है और इसमें देखो ये दे रखा वाइट क्यों कॉम्प्लेक्स यानी कि जो वेंटिकुलर रहता है बहुत ही मतलब स्लो करता है तो उसमें उस पैसन में व्हाइट मिलता है और जो प्रजेंस ऑफ यू वे वी वे एक्स्ट्रा वेव होती है ठीक है और पीआर इंटरवल, ठीक है, ये सब इससे रिलेटेड नहीं होते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं कौन सा टेस्ट है जो कि सबसे मोस्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है यानी कि इसमें यह वर्ड दिया गया स्पेसिफिक ठीक है तो इसके ऊपर अपने को फोकस करना है तो इसमें ऑप्शंस पे चलते हैं ऑप्शन ए टी है ऑप्शन बी सी के है ऑप्शन सी एलडीएच है एंड ऑप्शन डी एएसटी। ठीक है तो इसमें क्या आएगा ऑप्शन राइट आंसर इसका ऑप्शन बी यानी कि सी के यानी कि के एम जो है ये हार्ट के अंदर ही पाया जाता है बाकी सारे हार्ट नहीं होते हैं तो ये कॉमनली अपन कर देते हैं ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी सी के ठीक है ये देखो सारे क्वेश्चंस क्या है ना पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं तो मैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा हूँ जो कि रिलेटेड है यानी कि क्वेश्चंस वही रहते हैं लेकिन घुमा फिरा के पूछते हैं ठीक है इसलिए सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ नेक्स्ट है 45. कौन सा टेस्ट है जो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक होता है माकॉर्डल में ठीक है इसमें ऑप्शन देखें सी के ट्रोपोनिन आई एंड सीके तो इसका राइट आंसर क्या होगा इसका होगा ट्रोपोन आई यानी कि ट्रोपाई ठीक है इससे पहले दो दे रखे हैं, उसमें अलग तरीके से पूछा गया है इसमें अलग पूछा गया इसमें क्या है Most specific क्या है? ठीक है तो इसमें ऊपर वाले में ये ऑप्शन नहीं था ट्रोपाई ठीक है तो इसमें राइट आंसर क्या है? सी गया सी के एम बी गए और इसके अंदर क्या है ट्रोपाई दे रखा है तो सबसे स्पेसिफिक जो अपन मानते हैं वो क्या रहता है ट्रोप आई रहता है ठीक है और जो सीके एम रहता है ये सबसे पहले यदि है, तो सबसे पहले रिलीज होता है इसमें सबसे पहले तो होता है माइग्लोबिन ठीक है उसके बाद में होता है एंड सीके और जो एंड आई रहता है जो ट्रोप रहता है वो सबसे ज्यादा टाइम तक ब्लड के अंदर प्रोजेक्ट रहता है ठीक है तो ये अपने को ध्यान में रखना है यदि इसमें दोनों ऑप्शन दे रखे हैं तो अपना राइट क्या हो जाएगा ट्रोपाई ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं ट्रेडमिल टेस्ट And stress test are used to detect, यानी कि जो treadmill test है और stress test है वो किसका पता लगाने के लिए अपन यूज में लेते हैं ठीक है किस कंडीशन में यूज में लेते हैं ऑप्शन ए दे रखा heart failure, option B arrhythmia, option C myocardial infarction and option D ventricular septal defect, ठीक है तो इसमें क्या आएगा आंसर इसका फोर्टी सिक्स का इसका right answer हो myocardial infarction, ठीक है क्यों क्योंकि इसमें क्या होता है ट्रेडमिल टेस्ट में इनमें कि अपन क्या करते हैं पेशेंट को एक ट्रेड ट्रेडमिल मशीन रहती है ठीक है उसके ऊपर रनिंग करवाते हैं ठीक है तो उसमें क्या रहता है कि पेशेंट का ज्यादा मतलब ऑक्सीजन चाहिए होती है क्योंकि पेशेंट वर्क कर रहा होता है उसके अकॉर्डिंग ठीक है तो उसको ऑक्सीजन कमी होती है तो यदि उसका एम आई पेशेंट है तो उसको ज्यादा दिक्कत होती है सांस ली मोस्ट चेस्ट में पेन होता है ठीक है तो ये इसके लिए करवाते हैं मार गार्डन के लिए एम के लिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं The enzyme 47 ज ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फोर्टी सेवन का ऑप्शन डी क्रिएटर इन का इनका सीके एम बी वही same है बस इसमें नहीं दिया गया है इसके उसमें ब्लड की अंदर तो इसमें ऑप्शन दे रखा फ्यूबरेशन ऑप्शन बी दे रखा हार्ट फेलियर ऑप्शन सी एंजाइना इसमें देखो चार ऑप्शन दे रखे हैं तो इसमें राइट आंसर क्या जाएगा एंजाइना क्या हो जाएगा एंजाइना क्यों सबसे पहले मार्डियो में उसके अंदर क्या हो रहा है कि ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है तो क्या होगा वहाँ पे उसको एक पेन फील होता है ठीक है पेन फील होगा तो ये जो चेस्ट में जो पेन होता है वो क्या होता है उसको क्या बोलता है अपने एंजाइना बोलते हैं ठीक है और यदि यही कंडीशन लगातार बनी रहती है कंटिन्यूसली तो वहां के टिश्यू डेमेज हो जाते हैं तो उसको अपन फिर विच मैन ऑफ दोडिफिएल रिस्क फैक्टर है जो की पेशेंट में नॉन वोडिफेबल यानी जिसको अपन चेंज नहीं कर सकते हैं ठीक है चलिए ऑप्शन पे चलते हैं सिगरेट स्मोकिंग सेकेंड हाइपर लिपिडीमिया थर्ड फीमेल फिफ्टी फाइव ईयर ओबेज एंड थर्डेंटर लाइफ स्टाइल तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी फीमेल ओवर 55 फाइव ईयर ओबेज यानी कि देखो ये ये तीनों चीजें हैं जैसे सिगरेट स्मोकिंग है ठीक है है, लिपिडीमिया है इसको अपन चेंज कर सकते हैं यानी कि भाई कोई पैसेंट है सिगरेट पीता है तो उसको बोल देते दे, हैं भाई इसको बंद कर दो तो चेंज हो सकता है भाई लिपिड की मात्रा ज़्यादा है ब्लड में तो उसको अपन डाइट के अकॉर्डिंग सही करवा सकते हैं सीरेंट्री लाइफ स्टाइल है तो अपन उसको एक्सरसाइज वगैरह करवा सकते हैं ठीक है ना तो ये सब मोडिफेबल है यानी कि चेंज कर सकते हैं यानी इसमें क्या पूछा गया है नॉन मोडिफेबल ठीक है क्या पूछा गया है नॉन मोडिफेबल तो इसमें चेंज क्या नहीं हो क्या कर सकते अपन उसकी एज क्योंकि एज फिफ्टी है उसको अपनी कम नहीं कर सकते ठीक है तो इसका राइट right आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 50। यानी कि एक पेशेंट है ठीक है वो हाइपरटेंशन का पेशेंट है वो एडमिट कर रखा है और वो नर्स को बोल रहा है कि मेरे को चेस्ट के अंदर पेन हो रहा है ऐसा पेन हो रहा है कि जो कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि चुभ रहा है वो ठीक है तो क्या नेसेसरी पेशेंट के लिए होगा कि नर्स क्या करेगी उस तो टाइम पे इसमें ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट है बोलेंगे आप फ्रेश एयर में जाओ आप ठीक हो जाओगे ठीक है या ऑप्शन सी रेस्ट टू देश एंड कॉल दटेंडिंग डॉक्टर उसको बोले नहीं आप रेस्ट करो यहीं पे और हम डॉक्टर को बुला रही हूँ है। है, तो तो देखो अपन जिस तरह के जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें ऑप्शन तो यूज में लेते हैं ठीक है यानी की पहले अपने से ऑप्शन चूज करते हैं जो की अपने को लगता है ही नहीं ठीक है तो देखो पेशेंट हाइपरटेंशन का है ठीक है उसको पेन भी हो रहा है चेस्ट में ठीक है यानी कि उसको चेस्ट पेन हो सकता है तो अपन ये पहला ऑप्शन दे रखा है कि भाई उसको ये टेबलेट खिला देंगे जिससे उसका पेन कम हो जाएगा ठीक है तो ये अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं इसको ठीक है दूसरा ये कह रहा है कि एडवाइज पेशेंट टू मूव आउट फॉर एयर फ्रेश ईयर उसको भी बोल देंगे जाओ ग्रूम के बाहर जाओ आप घूम के आओ ठीक हो जाओ तो ये भी नहीं हो सकता भाई आपको पता है वो हार्ट का पेशेंट है उसको आप ऐसे भेज रहे हो है ना तो गलत है ठीक है फिर इसमें दे रखा है रेस्ट पेशेंट एंड कॉल अटेंडिंग डॉक्टर ठीक है तो यानी कि उसको बोल रहे हैं कि आप पेशेंट हो कि हाँ भी आप रेस्ट करो तो मैं डॉक्टर को लाके ला रही हूँ ठीक है यह एक तरीके से सही है यानी कि हार्ट का पेशेंट है वो ठीक है तो उसमें क्या कर रहे हैं अब उसको बोल रहे हैं कि भाई रेस्ट करो आप रेस्ट क्यों करवा रहे हैं क्योंकि जब पेशेंट रेस्ट करेगा तो उसको ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी जिससे उसका चेस्ट पेन और ज्यादा नहीं बिठेगा ठीक है तो ये सबसे तो ज़्यादा बेस्ट एडवाइज आती है, है और फिर डॉक्टर को अपने इन्फॉर्म करते हैं ठीक है जिससे डॉक्टर आगे अपने वो एडवाइज़ करेगा और अपन वो ट्रेनिंग फॉलो करेंगे ठीक है तो ये इसका राइट आंसर है ठीक है और ये भी देखो ऑप्शन डी रखा है ये भी गलत है इसमें वो कह रहा है कि पैसेंट को बोलाएंगे नहीं घबराने की जरूरत नहीं है आपको ट्रेन से मतलब तो ये कोई स्पेसिफिक रोल नहीं होना इसका ठीक है ना तो ये गलत हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं Which drug administer first in a patient with heart विद हार्ट ब्लॉक ऐसी कौन सी ड्रग है जो पेशेंट में हार्ट अटैक हो गया है ठीक है तो उसमें कौन सी ड्रग अपन एडमिनिस्टर करेंगे ठीक है? है तो ये देखो इसमें दे ब्लॉकर ऑप्शन सी एस्पिरन ऑप्शन डी ए सी इनिबिटर्स ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी एस्परिन यानी कि हार्ट अटैक का पेशेंट है तो उसको अपन कौन सी ड्रग्स देते हैं एस्प्रिक यानी कि जो इको स्प्रिन टेबलेट आती है ठीक है और उसका डोज क्या रहता है उसके अंदर अपन 300 सौ एम डोज देते हैं लोडिंग डोज रहता है ठीक है और हार्ट अटैक वाले पेशेंट में अपन डॉक्टर एडवाइज करते हैं तीन टेबलेट रहती है मोस्टली ठीक है कौन कौन सी एक तो एस्प्रिन तो है या इको ठीक है तीन सौ एक क्लोकिल रहती है तीन सौ ठीक है एंड थर्ड एटोरवास्टिन होती है ठीक वो अपन एटी एम देते हैं ये तीनों लोडिंग डोज रहते हैं, हैं, हैं, कोई रहता है, है? तो उसके अंदर देते ठीक चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 52। यानी कि यदि कोई पेशेंट है उसके हार्ट को ब्लड सप्लाई रुक गई है मिनट तक लगा था। तो उससे वो क्या हो सकता है ठीक है तो ऑप्शन देखते हैं रिवर्सिबल एम आई अरेस्ट ये इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो एक पेशेंट है जिसको 6 मिनट तक उसको ऑक्सीजन की सप्लाई है वो नहीं मिल पा रही है जिससे ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी ठीक है तो उसमें क्या क्या चेंज हो सकता है तो पहला देखा है रिवर्सिबल एम यानी कि ऐसा एम जो कि दोबारा से कन्वर्ट हो सकता है यानी कि दोबारा से पेशेंट सही हो सकता है दूसरा कार्डेक रेस्ट हो सकता है उसको तीसरा ई रिवर्सिबल हो सकता है उसको यानी कि चेंज नहीं होगा एंड फोर्थ है कार्डक ब्लॉक तो इसका जाएगा कि ऐसा MI, कि जो जो कि जो की जो माइग्रेट इन्फेक्शन होगा उसमें ऐसी दोबारा से रिवर्स नहीं हो सके ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इ रिवर्सिबल एम आई ठीक है देखो ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए ठीक है ये सारे क्वेश्चन एग्जाम आए हुए हैं ये आपको सिंपल सिंपल लग रहे हैं लेकिन जब अपन एग्जाम देते हैं ना तो अपन गलती कर देते हैं फटाफट जल्दी जल्दी के लिए चेक करने ठीक है तो अपने कोई गलती नहीं करनी है ठीक है ना क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है उसके बाद में ही करना है ठीक है और आप लोग चैनल को लाइक नहीं कर रहे हो कर पे इसको लाइक कर दीजिए जिससे मैं थोड़ा मोटिवेट हूँ और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ के लाऊँ देखो इसमें टाइम लगता है ना इसमें सारे क्वेश्चन चालीस क्वेश्चन को टाइप करना पड़ता है तीन से चार घंटे लगते हैं ठीक है उसके बाद में इनको स्टडी करना पड़ता है पूरा इनके बारे में फिर ये वीडियो बना पाते हैं ऐसे नहीं है कि भाई ऐसे बन जाता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें ठीक है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे मैं सीरियसली बता रहा हूँ जब आप पेपर दोगे ना जब आपको पता लगाएगा हाँ वाकई में ये क्वेश्चन आपकी हेल्प कर रहे हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं फिफ्टी थ्री ऑल आर दॉन मोटिफेबल्ट देखना ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है आपको बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन ये बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है एक्सेप्ट यान वैक्ट के के यानी कि जो कौन सा नहीं है ठीक है इस पे अपने को फोकस करना है एक्सेप्ट पहली चीज तो ये है नॉन मोडिफेबल ठीक है दूसरा है एक्सेप्ट ठीक है यानी कि ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर है ठीक है जो कि पेशेंट में जिसको अपन चेंज नहीं कर सकते हैं और कौन सा नहीं है ठीक है ना यानी कि दोनों चीजें इसमें पूछ रही इसने ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पहले ऑप्शन पे चलते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल इंटेक एज हेरिडिटी जेंडर ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाई कोलेस्ट्रॉल इंटेक ठीक है यानी कि इसमें क्या पूछ रहा नॉन मोडिफिबल जिसको अपन चेंज नहीं कर सकते हैं उसको छोड़कर ठीक है ना तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा क्यों क्योंकि भाई जिसको अपन नॉन बॉडी फेवल तो कौन कौन से हैं देखो एद है। एद भी पैसन की साल है या 50 साल है साल है, उसको कम नहीं कर सकते हेरिडिटी है उसको अपन चेंज नहीं कर सकते जेंडर है मेल है फीमेल है ठीक है मेल में ज्यादा रिश्ता रहता है उसको अपन चेंज नहीं कर सकते बाकी जो तो कोलेस्ट्रोल लेवल है उसको अपन चेंज कर सकते हैं डाइट के द्वारा अपन उसको सही करा सकते हैं ठीक है तो इसका ही राइट आंसर हो जाएगा ठीक है अपने फोकस करना है इस पे एक्सेप्ट चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिकल डिजीज गिस यानी की यदि आपने पढ़ाई नहीं होगा तो आप समझ नहीं पाओगे ये किससे रिलेटेड है ठीक है यदि आपने एक बार पढ़ लिया तो आप आसानी से कर दोगे ये रेलवे में ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं ठीक है सिंपल सिंपल लेकिन ज्यादा नहीं आते दस से पंद्रह क्वेश्चन आते हैं जो आप कर सकते हो ठीक है तो इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन कार्डियल चलिए आगे बढ़ते है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रीडोम ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके कारण से एंजाइना आपको हो सकता है ठीक है इनक्रीज प्रीलोड ऑप्शन बी है डिक्रीज आफ्टर लोड ऑप्शन कोरोनरी आर्टरी एंड ऑप्शन डी टू एडिक माओकार्डियम ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या होगा मतलब मेरे पेशेंट को एंजाइना होने से पहले मैंने कि किस कंडीशन के कारण से उसको एंजाइना हो रहा है पहले तो समझो एंजाइना होता है एंजाइना के अंदर क्या होता है जो अपना हार्ट रहता है ठीक है ना हार्ट की आर्टरी रहती है ठीक है तो माओकार्डियम को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है ठीक है तो उसके अंदर ब्लड सप्लाई कम होगी कम होगी तो उसको वहां के जो टिश्यू हैं मायोकार्डियम जो उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वहां पे क्या होगा पेन होगा तो उसका ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इन एडुकेट ऑक्सीजन सप्लाई टू द माओकार्डियम यानी कि जो हार्ट के मायोकार्डियम ले रहे हैं उसको यदि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जितनी चाहिए उतनी नहीं मिलेगी तो उसके अंदर क्या डेवलप होगा इंजन डेवलप होगा ठीक है तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56. यानी कि के है, उसको में पेन हो गई बी बीटा ब्लोकर्स ऑप्शन सी नाइट्रोग ऑप्शन डी वार ठीक है तो इसमें राइट आंसर किया जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रोग तो या फिर एन टी जी ठीक है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बाकी एसप्रीन अपन देते हैं ठीक है तो ये अपन एम में देते हैं ठीक है ना इंजन इलेक्ट्रेशन में क्या देंगे नाइट्रो देंगे और ये अपन कब कब देते हैं ये मैक्म अपन थ्री टेबलेट्स देते हैं फर्स्ट टेबलेट देंगे अपन जीरो मिनट पे उसके बाद हम फाइव मिनट्स वेट करेंगे यदि चेस्ट पेन कम होता है तो ठीक है नहीं तो दूसरी टेबलेट देते हैं फिर अपन फाइव मिनट्स वेट करते हैं फिर थर्ड टेबलेट देते हैं यानी कि पंद्रह मिनट के अंदर अंदर अपन तीन टेबलेट्स देते हैं ठीक है बीटा ब्लॉकर है ये उसके लिए होती है बीपी ज्यादा बड़ा होता है तो उसको कम बीपी को कम करने के लिए होती है ठीक है और ये एंटी होती है ठीक है? ये अपन कम चलाते हैं वाइफेरिन जब कोई भी पेशेंट रहता है ठीक है जो उसका जिसका ऑपरेशन होना है तो उस पेशेंट में यूज में लेते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिफ्टी सेवन फॉलोइंग हार्ट डिजीज एक्सेप्ट यानी कि ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि नॉन मोटिवेबल है हार्ट डिजीज की लेकिन इसमें एक्सेप्ट पूछा है कौन सा नहीं है ठीक है इसमें एज है sex है हाई ब्लड प्रेशर है एंड फैमिली हिस्ट्री है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हाई ब्लड प्रेशर ठीक है यानी कि नॉन मोटिवेबल रिस्फेक्ट चाहिए लेकिन इसको छोड़कर ठीक है तो एज ये भी है सेक्स भी है और यानी कि मेल है या फीमेल है और फैमिली हिस्ट्री है ये भी है ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो तो जाएगा? हाई ब्लड प्रेशर। यानी इसको अपन चेंज कर सकते हैं, यानी बीपी को अपन कंट्रोल कर सकते हैं तो है या फिर मेडिसिन के द्वारा ठीक है तो ये इसका राइट आंसर हो तो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट कॉमन कोच ऑफ कॉनी आर्टरी डिजीज इज सबसे मोस्ट कॉमन कारंट क्या होता है का या फिर सी का ठीक है ये देखो सी स्टॉक डेली दो में आया हुआ है ठीक है ऑप्शन पे चलते हैं ऑप्शन ए एथेरोस्क्लेरोसिस ऑप्शन बी हाइपरग्लाइसिमिया ऑप्शन सी स्ट्रेस ऑप्शन डी कोरोनरी इस्पाजम तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन एथेरोस्क्लेरोसिस ठीक है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सी ए डी का सबसे मोस्ट कॉमन कोच क्या है एथेर ठीक है यानी कि जो कॉर्नर आर्ट्री है उसके अंदर क्या ब्लॉकेजाना तो, इसके के नदर, तो अंदर अंदर अंदर अंदर क्या है है है के जो आर्टरी आर्टरी रहती उसके उसके कोलेस्ट्रॉल ठीक ये सारी चीजें चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन agents such as tissue plasminogen activator, streptokinase are given to. यानी कि कि एक है है। है है? है जिसमें अपन देते हैं, जैसे कि है। भी दे रखा ठीक ठीक होता है है। तो ये अपन किसमें देते हैं ठीक है mm. तो ये इनका क्या इनका फंक्शन रहता है वो बताना है ठीक है पहला ऑप्शन पे चलते हैं Prevent प्रिवेंटिजन फ्राम मथेरिंग टू प्लेटलेट्स यानी वहाँ पर इकट्ठे नहीं हो तो उसके लिए इम्प्रूव ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिजोल्व थ्रोम्बस ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाने के लिए और थ्रोम्बस को डिजोल्व करने के लिए ऑप्शन सी ने रखा है री एस्टेब्लिश ब्लड फ्लो बाई डिजोल्विंग थ्रोम्बस यानी कि दोबारा से ब्लड फ्लो को start करना and जो thrombus है उसको dissolve करना ठीक है Option D है डिग्रीज ventricular irritability, यानी कि जो ventricles की irritability है उसको कम करना ठीक है तो इसका हो जाएगा। जो है, वो क्या काम करता है वहां पे जो ब्लड फ्लो जो बाधित हुआ है ठीक है उसको दोबारा से स्टार्ट करता है और जो थॉम्बस वहां पे है उसको डिजोल्व करता है ठीक है और इसका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जैसे कि उसको आधे घंटे के अंदर देना होता है तो अपने को उसको आधे घंटे में ही देना होता है ये नहीं कि आप तुरंत उसको लगाया और दो तीन मिनट में खत्म कर दिया नहीं है ना क्योंकि वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है ठीक है और ये देखो जो स्टेप्टोकाइनजर दे रहता है ये किसके द्वारा बनता है ठीक है ये स्टेप्टोकोक जो बैक्टेरिया रहते हैं ठीक है उसे ये बनाते हैं ठीक है और एक यूरोइनजर रहता है जो कि यूरिन से बनता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन रेस्ट इज नीडेड इन पेशेंट विद कि एक पेशेंट है सीएडी का ठीक है उसको रेस्ट की आवश्यकता होती है लेकिन वो क्यों होती है ठीक है इसमें ऑप्शन रखें करेक्ट रिधि रिधिमे को करेक्ट करने के लिए ऑप्शन बी रिड्यूज ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को कम करने के लिए ऑप्शन सी रिड्यूस दाइज ऑफ हर्ट जो हार्ट की साइज़ कम करने के लिए ऑप्शन ऑप्शन बी रिड्यूस नहीं उसको बॉडी को ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम करने के लिए तो कर यानी कि सीएडी वाले पेशेंट में क्या होता है, ठीक है। तो ठीक है उसमें क्या होता है ऑक्सीजन कमी होती है आर्टरी में ब्लॉक हो जाता है जिससे कि टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वहाँ पे क्या होता है पेन होता है ठीक है और वही यदि कंटिन्यूसली रहती है ज़्यादा टाइम तक ठीक है तो वहाँ पे एमआई आई हो जाता है वहाँ की टिश्यू वहाँ के हो जाते हैं तो उसको अपना एम बोल देते हैं स्टार्टिंग में जो चेस्ट पेन होता है उसको एंजाइन इफेक्टोरी और लगातार यदि ब्लड सप्लाई बाधित है उसके बाद में वहाँ की टिश्यू डेमेज हो गई तो उसको बोले एम आई माइगार्टर ठीक है तो यानी कि इसमें क्या ऑप्शन आएगा रिड्यूस ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ को बोलेंगे आपको रेस्ट करना है आप बेड पे रहोजन होगी ठीक है ये, ये क्वेश्चन तिरुवंतनपुर के रिजन में आया हुआ है ठीक है ये अपने टोटल थर्ड वीडियो में ठीक है और जो इससे पहले के दो वीडियो है उसके लिंक में नीचे दे रहा हूँ आपको ठीक है यदि आप क्वेश्चन को लाइक like करते हैं ठीक है आपको यदि लगता है कि हाँ ये वाकई में ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में काम आएंगे तो आप इनको लाइक like करें ठीक है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ठीक है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप उसको सबसे पहले आप ये चीजें सीख पाओ ठीक है तो ये जो चैनल है फिटनेस बेल्ड एजुकेशन इसको आपको सब्सक्राइब करना है ठीक है एंड थैंक यू जय श्री कृष्णा हाँ जी और लास्ट में ये एक मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा ठीक है इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है और उसके बाद में कमेंट्स बॉक्स में इसको आपको आंसर देना है ठीक है फिर मैं देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही दे पाते हैं ये क्वेश्चन सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है लेकिन ये बहुत टफ क्वेश्चन है ठीक है तो इसको अच्छे से समझना है उसके बाद में कमेंट बॉक्स के अंदर आपको इसको आंसर देना है ठीक है नेक्स्ट वीडियो में मैं ये क्वेश्चन कवर करूंगा ठीक है थैंक यू